जो मेरी राहू में छीट दे रोशनी वो दिया बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई दे रोशनी वो दिया बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो मैया तेरे बिल स्वर्ग समान है मैया तेरे बिल स्वर्ग समान है तू जहाँ हो माँ वहाँ सम्मान है तू जहाँ हो माँ वहाँ सम्मान है ममता दे, जो, दे जो ममता दे वो करुणा मई जो ममता दे वो करुणा मई दत्ता बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो मेरी माँ बन गई हो तुम जो मेरे राहों में छिट दे रोशनी जो मेरे राहों में छिट दे रोशनी वो दिया बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो दे मुझे ज्ञान मां ध्यान तेरा करूं। दे मुझे ज्ञान मां ध्यान तेरा करूं। जिंदगी भर तेरे शरण में रहूं, जिंदगी भर तेरे शरण में रहूं। जो सभी सांस दे प्राण दे जो सभी जीव में सांस दे प्राण दे वो हवा बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम रोशनी वो दिया बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो मेरी माँ बन गई हो ज्ञानी हुमा मां आया तेरे शरण अ हुमा हू तेरे शरण मेरे अरमानों को मां कर दे तुरंग मेरे अरमानों को मां कर दे तुरंग मेरे अर कर दे पुरन जो भर जो भर दे झोली धन धान से जो भर दे झोली धन धान से वो दाता बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम जो मेरे राह में छीट दे रोशनी वो दिया गई बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई जो मेरे राहों में छिड़े दे रोशनी वो दी आन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम मेरी माँ बन गई हो तुम